तो मैं आ गई हूँ घर पर बुआ क्या थी आपको पता था और मैं आ गई हूँ घर पर बहुत सन्नाटा लग रहा है बहुत मजा किया हम लोग बहुत मजा आया आपने भी बहुत मजा किया होगा योग हो। और ये मम्मा यहाँ पीछे चाय बना रही है मम्मी से गुड मॉर्निंग कहवा देते हैं गुड मॉर्निंग मम्मा दीदी से बात कर रही है गुड मॉर्निंग मम्मा और इधर पापा से मिलवा देते हैं आपको पापा यहाँ है नहीं पापा पता नहीं कहा शायद नीचे गए तो बस बहुत मस्ती की है और अब देखते हैं आज क्या क्या, -क्या करते हैं घर में क्या होता है देखिए ये ये कुछ अलग तरीके का स्केटिंग चल रहा है इतना, अलग तरीके, तरीके, तरीके का स्केटिंग है ये तो तो देखिए और दिन भर में आपसे मिली नहीं हूँ क्योंकि मैं सो गई थी रात में कल सोई नहीं थी तो मुझे नींद आ गई थी तो मैं सो गई थी और ये उठने के चक्कर में देखना कहीं सो ऑफ के चक्कर में गिर ना जाना तुम तो। तो मामा ये ये कैसे स्केटिंग कर रहे हो स्केटिंग कर रहे हो कि रेंग रहे रहो स्केटिंग कर रहे हो या रेंग रहे हो इससे अच्छा पेट के बलों के रेंग लो लेट जाओ उसी पे लेट के तब हो हाँ लेट जाओ सो सकते हो सो जाओ हाँ। नहीं थक गए हमें <laughs> बा बोलो गुड मॉर्निंग राइस तो आज हो गया नेक्स्ट डे और सब लोग उठ चुके हैं सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं और ये देखिए ये मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने दिया तो मैं यहाँ कोचिंग पढ़ाती हूँ जब मैं आई हूँ उसके बाद से जब तक कहीं जाना नहीं है तब तक मैंने सोचा कोचिंग पढ़ा दूँ तो ये कल वो जा रहा था तो उसने मुझे ये इतना प्यारा से गिफ्ट दिया तो थैंक यू सो मच लोग और ये देखिए मम्मा yeah. ये मम्मा ने रात में बैठ के भैया से बात करते हुए पेंटिंग बनाई लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है ये उल्टा पेड़ क्यों बनाया मम्मी ने पेड़ उल्टा बनाया या जड़ भी दिखा दिया पता नहीं जो भी ये मम्मा की पेंटिंग है पेंटिंग ड्राइंग है तो बस यही सब कर रहे हैं मम्मी मम्मी भी अपना काम में लगी हुई हैं पापा भी कहीं जा रहे हैं फिर अब देखते हैं दिन भर क्या होने वाला है हो गया यहाँ।, यहाँ पे बन रहा है चाय और यहाँ पे भर रहा है बॉटल और ये रही भाभी गुड इवनिंग और ये रहा मौसम जो कि अभी हम आपको चलकर दिखाते हैं इसको ये खाने का मन कर रहा है और ये खाने का मन कर रहा है तो ये खाएंगे ये सच में तीखा है ये ऐसे क्यों बने हुए हो तुम आ ये कौन आदमी ऐसे मैगी ऐसे सर पे मतलब हेलमेट पहन के खाता है बताना जरा मैगी खा रहे हो या हो? ये देखिए इस मौसम मस्त एकदम बादल लगा हुआ है बारिश बारिश अब नहीं आई बादल लगा हुआ है मस्त मौसम बना हुआ है बढ़िया तो एकदम तो हाँ। क्या मिल गया इससे टूट जाएगा क्या बनाए तो ज्यादा सूपी बच जाएगा करो तो दे ऑन है मैंने एक कैमरामैन रखा है अग... जो कि सही से काम नहीं करता तो उसको मैं सैलरी नहीं क्या है इतना धीरे हम कम काम करते मेरा नाम है मधु मिश्रा मैं करती इतना धीरे काम और आपको वेट करना पहले, पड़ेगा पहले पहले पहले ये ये डालना मैगी अरे में तब तो होगा ना ऐसे कैसे, ऐ, ऐ, ऐसे कैसे कैसे कहाँ देखा नहीं पहले वो अच्छा तो बना रहता नहीं। तो वो थोड़ा बहुत ही कर सकते मसाला मसाला जो ठीक ज़्यादा तीखा तीखा तीखा तो नहीं नहीं लग रहा है है लगा का लेते जैसे बहुत तो डालो अब हम लोग इसको वेस्ट नहीं करेंगे गाइस इसमें भी हम ऐसे थोड़ा पानी लेंगे ऐसे और उसके बाद उसको ऐसे ऐसे ऐसे करके इसको धूल के रख सा मिला देंगे इसको करने के बाद हम लोग इसमें रख देंगे डिजाइन वाला और उसके ये जितना रैपर है सर एक साथ इकट्ठा कर लेंगे फिर फिर दो दो तीन तीन मिनट मिनट ऐसे लेंगे और को टाइम नॉर्मल जाओ बाहर भी रिकॉर्ड करो जाओ जाओ एकदम इसमें अंदर बैठना है हमको अच्छे से नहीं आता खाली हमको कैमरा मैन बनना आता है कंटेंट नहीं एक मैंने कैमरा मैन हायर किया है अब वो कैमरा मैन मैगी देखेगा और मैं जाऊंगी आपको सबका ये देखिए ये, ये कैमरा मैन जो था ये मैंने हायर किया था जो बिल्कुल सही से रिकॉर्ड नहीं कर पाया है पता नहीं क्या रिकॉर्ड किया है जो मैं खुद ही नहीं जानती हूँ तो अब हम लोग चलते हैं बाहर ये कैमरा की मम्मा कैमरामैन की मम्मा शिकायत करते हैं भाभी ये कैमरामैन सही से नहीं रिकॉर्ड किया है पता नहीं क्या रिकॉर्ड किया है मेरे शक्ल लाने के बजाय बजाय कड़ाही लाया है और ना कुछ बोला है मेरे ऑडियंस बोर हो गए हैं इस पर कुछ तो बोलिए कैमरामैन को जा कुछ धुलाई दीजिए उस दिन जैसे धुलाई कीजिए हम वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं <laughs> सुस्त सुस्त इसको इस लड़के को इतना ज्यादा मिर्चा खाने का शौक हो गया इस लड़के को कि खाली मिर्चा खा लेता है तो अगर आपके यहाँ कहीं मिर्चा बचा हुआ हो या कभी तो भी आप खाते हो आप प्लेट में बच जाए तो आप में हमारे घर पार्सल कर सकते हैं ये खा जाता है सब नहीं तो वो जूठा भी खा लेता है <laughs> चल गया। ये मैगी मैगी बनाने वाली इस पर मैगी मैगी मैगी बनाने वाली देखें हो गया गाइस मैं भोजपुरी बात करती हूँ कुछ लोग समझ जाते होंगे कुछ लोग नहीं समझते मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया होंगे मैं ट्रांसलेटर का भी काम करूंगी तो अगर किसी को भी जरूरत हो किसी को भी काम पर रखना हो तो मुझे प्लीज कॉन्टेक्ट करिए भोजपुरी सब कुछ सुनने का इसीलिए हमारे नॉर्मली मैं मम्मी से भोजपुरी में ही बात करती हूँ पापा से हिंदी बात करती हूँ बाकी अपने भाई बहन में भोजपुरी बात करती हूँ ये हमारा लैंग्वेज है तो ये मैं छोड़ नहीं लगती तैयार हो गया मैगी पता नहीं मैगी कैसा है कुछ अजीब सा देखने में लेकिन ठीक है ये खाने वाला भी तैयार है ये खिलाते हुए कैसे उसी में ऐसे करके खा रहे हो घोड़े कैसे लग रहे हो निमित इतना घोड़े कैसे लग रहे हो देखो <laughs> <PAips güzel usually> <laughs> क्या हो गया सब्जी <t League> <t favorite dublins Technology> इधर बोलो हेलो बोलो हेलो बोलो हेलो बोलो अच्छा सुनो ना एक चीज बताओ ना मम्मा खाना दी है मम्मा खाना दी है क्या? अच्छा। इधर सुनो ना तो तो इधर ये बताओ खाना खाई हो मम्मा खाना दी है दामुन दामुन। जामुन खाई हो खाना नहीं बनाई थी दामुन दो दामुन। जामुन दो जामुन जामुन लो जामुन भैया कुछ समझ में आ रहा है आपको दमन क्या दी जाना है <laughs> आगी आगी दे। तो लागे। लागे। कैसा होता है कार्टू बताओ ना ओह, इतना बड़ा कितना बड़ा होता है नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं। ये काटू नहीं है ये कार्टू नहीं है ये तो बिल्डिंग है कार्टू ये है ये है कार्टू ओ बच्चे अरे बच्चे अरे दो छोटी वाली तो बाप। गुड मॉर्निंग गाइज और आज हो गया नेक्स्ट डे और मैं जा रही हूँ पढ़ने तो बस थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी है अब थोड़ा बहुत पढ़ना ज़रूरी है तो बस पढ़कर और थोड़ा सा पढ़कर कर थोड़ा रिवाइज कर, कर क्या पढ़ती हूँ क्या नहीं करती तो समझ ही नहीं आता घर पर बैठे बैठे एकदम रोरियत तो नींद आती रहती है इतना ज़्यादा कि आप लोग को भी नींद आती है इस बाद मिलती ये। और ये मैं और पापा आ गए थे हॉस्पिटल क्यों आए थे वो आगे आपको पता चल जाएगा और गाइज यहाँ पे पापा ब्लड डोनेट करने आए थे तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे देखकर मुझे बहुत प्राउड होता है जब पापा कुछ ऐसा काम करते हैं तो आई एम सो प्राउड इफ़ यू पापा एंड आई लव यू सो मच और ये देखिए कितने अच्छे से ब्लड डोनेट कर रहे हैं पापा मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है इस चीज़ से स्टेशन पर नेशनल फ्लैग लगा हुआ है मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है जब भी मैं इसे देखती हूँ और आते वक्त हमने फलूदा खाया तो ये मेरी और पापा की ट्रीट हो गई हमारी पार्टी हो रही है ये देखिए कितना ज्यादा टेस्टी लग रहा है बहुत मज़ा आया समस्या क्या है आपके लिए बताइए कुछ तो अभी आप बोले हैं जो कि कैमरा ऑन होने के बाद आप चुप हो गए हैं समस्या समाज का रूप है समाज का, समाज का।, समाज का। और समाज क्या होता है बस ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं और आप जरूर बताइए कि समस्या जो है वो समाज का रूप है या समस्या क्या है आप ये जरूर बताइए समस्या आपके लिए क्या है ये क्वेश्चन है और आप आ, मुझे कमेंट सेक्शन से में बताइए समस्या क्या होता है बाय बाय गुड नाइट